सत्रह जुलाई को अभियुक्त चंदन सोनकर जो कि लूट का प्रयास करता हुआ पकड़ा गया था थाना गौराबाशाहपुर से हथकड़ी से फरार हो गया इस संबंध में पुलिस अच्छे जौनपुर महोदय द्वारा तत्काल टीम गठित की गई और अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए दबिश देने के हेतु खा गया इसी क्रम इसी क्रम में इसी कड़ी में थाना गौराबादशाहपुर को जब पता लगा कि अभियुक्त लाल किला गया अपने निवास में वहाँ जाने के बाद जब उसके भाई से पूछा तो पता लगा कि वो बिलासपुर में है बिलासपुर से अभियुक्त गिरफ्तार किया गया वहाँ से जब जोधपुर आया गया रास्ते पूछ में पूछताछ में अभियुक्त बताया कि उसके साथ तीन साथी और थे और ये चौथा साथी था और इसने हथकड़ी एक जगह चौसन में छुपा रखा जब पुलिस टीम वहाँ पर गई तो जो उसके अन्य दो साथी थे तो उन्होंने मौके का फायदा उठाकर पुलिस पे में फायरिंग की जवाबी फायरिंग में अभिक चंदन सोलकर को गोली लगी उसको बनास रेफर किया गया है अभियुक्त बहुत ही सात किस्म का अपराधी है वो थाना गुटवाली का है।, है। उसके खिलाफ नौ मुकदमे हैं जो कि हिन्स क़ायम के हैं अन्य अन्यभुक्तों के जो कि मौके से फरार हुए हैं जब तर के प्रसले जा रहे हैं अभियुक्त पच्चीस हज़ार का इनामिया है है